एक बार जय गुरु जी का जय घोष करेंगे बोलो परम पुण्य शुरुदेव भगवान की जय चंदनीय माता जी की जय गुरु पुत्र गुरुदेव की जय बोलो हर हरा <laughs> बहुत सारे साधक जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं गुरुपाल का दिवस के बारे में पता है गुरुपाल का गुरुपालिका सिद्धिटी 1997 जब गुरुजी ने अपनी पूजा करके गुरु पूर्णिमा के दिन मुझे का दी थी और उससे पहले से भी मैं गुरुपाल का दिवस इस पांच शुक्ल मार्षिक शुक्ला विद्या को मनाता हूँ जो मेरे साथ है वो लोग हर साल गुरुपालिका सिद्धि दिवस मनाते लेकिन आजकल कैसा नेट हो गया है और ये नेट के माध्यम से जब भी मैं कोई कार्यक्रम रखता हूँ मैंने अश्विन शुद्ध द्वादशी को त्रयोदशी को कहा था कि ये गुरु सिद्धि जीव से मंडल आज के दिन सफर्ण शिष्यों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं ऐसा कहा तो कई पोस्ट नेपाल आदि साधकों से आए कि ये कभी हमारे गुरुजी ने हमें नहीं कहा गुरु पूर्णिमा के सिवा किसी ने नहीं कहा कि ऐसा कुछ होता है मैंने फिर उनको विशिष्ट दुर्लभ सिद्ध्याम की गुरु जी पुस्तक का प्रमाण देते हुए कहा कि इसमें गुरु ने कौन से कौन से गुरु की सिद्धि दिवस कहलाए गए हैं और किस दिन गुरु की पूजा करने से हम गुरु के पात्र बनते हैं गुरु जी ने तो उस अगर आप प्रश्न सिद्धियाँ पुस्तक देखते हैं तो गुरु जी ने कहा कि गुरु पूर्णिमा की कितनी प्रसिद्धि है उससे भी ज्यादा गुरुपालिका सिद्धि दिवस को श्रेष्ठ माना गया जो शिष्य आज के दिन अपनी गुरुपालिकाओं का सिद्ध करके अपने घर में प्रतिष्ठा करता है वह अपने गुरु को स्वयं अपने घर में प्रतिष्ठा करता है ऐसा कहा गया है अगर आपके पास अभी प्रिंट नहीं है मुंबई के एक गुरुजी के रहते समय रणजीत चौबे नाम के सिद्ध साधक थे उन्होंने उस पुस्तक को प्रिंट करवाया था जिसका नाम था विशिष्ट दुर्लभ सिद्धियाँ और उसमें इस गुरुपद का सिद्धि दिवस के बारे में बताया गया था तो इस सिद्धि कहा गया है और का, का विशे, विशे, विशेषता क्यों गुरु से महा, महान कही गई सबसे पहले अगर आपका ब्राह्मण हो हो वेद पढ़े हुए लोग या वेदों को आपने कभी टच भी किया हो तो आप पूरे वेद में कहीं ये नहीं देख सकते कि गुरु का शब्द लिखा हुआ गुरु के बारे में कुछ कहा गया है पूरे गुरु मंत्र में अग्नि वायु आकाश पृथ्वी वरुण देव अश्विनी कुमार इंद्र आदि देवताओं के बारे में बताया गया है बता तो ये गुरु शब्द की उत्पत्ति कब हुई और उसके बाद गुरु पालुकाओं का नामकरण या गुरु पालुकाओं के बारे में कब ये सभी के सामने आया सप्तषि होने दो या इस हम पूरे चारों वेदों में गुरु के बारे में कहीं नहीं देखते लेकिन वेदों के बाद में इस गुरु परम्परा की गुरु परम्परा का आरंभ हुआ जब परम पूज्य जी, जी के चरणों में प्रार्थना की और कहा कि का सिद्धि दिवस इसे कैसा कहा जाता है और कब कहा गया तो कहते हैं आदि गुरु जैसे जी कहे गए हैं उसके बाद महर्षि यात्री के पुत्र दत्तात्रेय जी अपने जीवन में उन्होंने बहुत कम लोगों को शिष्य किया जैसे परशुराम जी उनके शिष्य हुए कार्तिक वीर जी शिष्य हुए और बहुत कम लोग उनके शिष्यों के बारे में लेकिन जो भी शिष्य हुए इस संसार में पूजनीय हुए महान हुए तो उन शिष्यों में जी या शहस्त्रार्जुन नाम के एक महान राजा हुए जो कृतवीर्य के पुत्र थे और वो दत्तात्रेय जी के भक्ति में भगवान दत्तात्रेय की इतनी सेवा शुश्रूषा की उन्होंने कि जिसके जिसे भगवान दत्तात्रेय बहुत प्रसन्न हुए भगवान दत्तात्रेय ने उनको इतना आशीर्वाद दिया और सारी विद्याओं के प्राता पर उनको शहस्त्रार्थ प्रदान कर दी जब सिद्ध हो गए वो और सारी सिद्धि भी उन्होंने देखी तब दत्तात्रेय भगवान ने कहा शहस्त्रार्जुन तू मेरा श्रेष्ठ शिष्य है मैंने तुझे तो सारे सिद्धियाँ प्रदान की है अब तू लोक कल्याण कर लोक कल्याण करने के लिए आगे लोक कल्याण करने के लिए तुझे आगे बढ़ना है मेरी ये सारी हित के लिए काम में आए और तू लोक कल्याण करने के लिए जाओ तब शस्त्रार्जुन कार्तिक कहते प्रभु क्यों मुझे आपसे दूर करते हो मैं आपके चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना करता हूँ मैं आपके चरणों से दूर नहीं जाना चाहता वही कुछ भी हो मैं आपके चरण पकड़ कर रहना चाहता हूँ तब उन्होंने कहा कि बेटा, अगर मैं एक आम आया तो बेटा वो आम सड़ के खड़ा खराब हो जाएंगे किस काम के वो इसलिए मैं कहता हूँ तुझे उसे एक अमृत में अमृत वृक्ष के समान तुझे, तुझे, तुझे बीज अक्षर देखे हुए बोया हुए महान वृक्ष तैयार किया हूँ ये लोक कल्याणार्थ काम आए ये मेरी इच्छा है तो उसने कार्तिक वीराजुन ने अपने गुरुचरणों में सर झुकाकर प्रार्थना की और कहा प्रभु कुछ भी हो जाए मुझे आपका दर्शन सुबह और शाम होना चाहिए और मैं आपके चरणों में सर झुकाकर नमस्कार करना चाहिए आपका दर्शन होना चाहिए ऐसी स्थिति बनाने के बाद आप कुछ भी कहो मैं गुरु आज्ञा पालन करने के बाद मैं बिना गुरु को देखे या गुरु बिना गुरु के चरणों को छुए मैं इस संसार में जीना नहीं चाहता मुझे नहीं भी चाहिए तब प्रथम बार भगवान दत्तात्रेय ने उसकी उस भावनाओं को देखकर शिष्य की भावनाओं को देखकर दत्तात्रेय भगवान ने कहा हे कार्तिक वीरार्जुन मैं भावना तेरी भावना को समझता हूँ हे शस्त्रार्जुन तेरी भावना को समझता हूँ तेरा शिष्य शिष्य न हुआ है न होगा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ तू तेरे को मैं मेरी पादुकाएं प्रमाणित करते देता हूँ आज के दिन उन पादुकाओं को सिद्ध करते हुए एक विशिष्ट मंत्र के साथ तुझे देता हूँ जब भी तू तो उन पादुकाओं को तेरे घर में रखकर पूजा करेगा और उसके ऊपर तेरा सर रखकर मैं जो मंत्र बोलता हूँ वो मंत्र बोलेगा मैं शशिर तेरे सामने उपस्थित रहूंगा और तेरी इच्छा पूर्ण करूंगा आज मैं तुझे पूछ रहा हूँ तू जो पूछा है मैंने वो दिया और आज मैं जो पूछता हूँ तुझे देना है तुझे लोक कल्याणार्थ आगे बढ़ना है तुझे लोक कल्याण करना है इस संसार में धर्म की स्थापना करना है और भी तुझे कुछ मांगना है तो मांग तब क्योंकि वो कार्तिक वीराजन एक योग्य गुरु के शिष्य थे उन्होंने मांगा कि प्रभु मैं धर्म के लिए न्याय करूं मैं धर्मबद्ध राज्य का पालन करूं और मेरे राज्य में आप जो भी मुझे करवाना चाहते हैं कोई दुखी ना रहे हर दुखों को मैं निकालने वाला हूं कोई अन्याय कोई चोरी छुपे काम करना कोई चोरी करते हुए अन्याय करते पीठ पीछे कोई चाकू फूकना ऐसे काम करने वाले सामने वाले को तो हम अन्याय करते हैं, तो हैं किसी को मार दे सकते हैं लेकिन पीठ पीछे काम करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं चोरी करने वाले होते हैं अंधेरे में चोरी करते हैं ऐसे लोगों को शिक्षा देने की क्रिया होनी चाहिए और मैं उस धर्मबुद्ध जीवन को बिताना चाहता हूँ अगर आप मुझे वो धर्मबुद्ध जीवन देते हैं तो मैं सहर्ष आप जो बोलते हैं उसे स्वीकार करता हूँ तो उन्होंने कहा दत्तात्रेय भगवान का तथास्तु दूसरा बार मांगो दूसरा बार उन्होंने मांगा कि मैं इस संसार में जो चाहू लोक कल्याणार्थ जो भी चाहू वो कार्य मुझे सिद्धि मिले और मैं लोक कल्याण जो जो कार्य करना चाहता हूँ उसमें कोई भी अड़ा आए मैं उसको छोड़ूंगा नहीं मैं अगर अच्छा काम करता हूँ तो उस अच्छे काम में कोई आना नहीं चाहे वहां धन की वर्षा होनी हो या लोगों का दुख को मिटाना हो मुझे ये कार्य करने के लिए वचन दो मैं अच्छा कार्य करूँ उनने कहा वो भी तथास्तु नंबर तीसरा और मांगना